मुझे दूर फिर हने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे दिल से निकल कैसी लग। तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे चन्नावे चन्नावे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना